हेलो गाइस आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की रेसिपी है मोटी मिर्ची का राई वाला अचार बनाना तो आइए बनाते हैं मोटी मिर्ची का राई वाला अचार हरी मिर्ची का अचार बनाने के लिए ये हमने मोटी हरी मिर्च ली है ये हमने 500 ग्राम हरी मिर्च ली है और ये कुछ मसाले लिए हैं एक चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है दो चम्मच हमने नमक लिया है और दो चम्मच हमने राई ली है दो चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है और एक चम्मच हमने सौंफ ली है और एक ही चम्मच हमने अजवाइन और आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और एक कटोरी हमने ऑयल लिया है ऑयल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है कि बनाते हैं मोटी मिर्ची का राई वाला अचार और सबसे पहले मैं मिर्ची में चीरा लगा लूंगी और ये हमारी सारी मिर्ची में चीरा लग चुका है अब मैं मसाला तैयार करूंगी इसका अब मैं इसमें ये धनिया डाल दूंगी मिक्सी के जार में सौंफ डाल दूंगी अजवाइन और ये मैं राइस डाल दूंगी और इसे में दरदरा पीस लूंगी साथ ही ये नमक डाल दूंगी मैं इसमें और ये लाल मिर्ची पाउडर अमचूर ये सारे मसाले मैंने एक साथ मिक्सी में डाल दिए हैं और इन्हें दरदरा पीस लूंगी मैं और ये हमारा मसाला दरदरा पीसकर तैयार हो चुका है इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी ज्यादा बारीक ही नहीं किया है दरदरा ही रखा है और अब मैं इसके अंदर ये एक सर्वी स्पून ऑयल डाल रही हूं और इसे मैं हाथ से ही मिक्स करूंगी मसाले में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इस मिर्ची में ये मसाला भर लूंगी और इसे मैं एक बाउल में रखती जाऊंगी मसाले को भर के नहीं और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी मिर्ची को भर लूंगी मसाले में और ये हमारी सारी मिर्ची भरकर तैयार हो चुकी हैं मसाला बचा हुआ है ये भी मैं इस मिर्ची के के के के बीच में ही ही डाल डाल डाल डाल दूंगी दूंगी दूंगी अब मैं मैं इस मिर्ची ऊपर ऑयल ऑयल ऑयल किसी डब्बे के अंदर अंदर सकते हैं है। इसी बाउल के अंदर ही डाल दूंगी। ये मैंने ऑयल एक कटोरी ऑयल लिया है पूरा और ये हमारा भरवा मिर्ची का अचार बनकर तैयार हो चुका है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद